रेशिका, रिबिया हम लोग लोगा जाओ जाओ तो मोटो प्लस स्कूले जाओ। इसमें नानी बीता गाने आ रही है। रेशिका, लोगा तब बड़ा बड़ा नाक निकला। तू मगर कादे मारेंगा क्या? रिबिया से बात करो। तेरी बात माय, लोगा याचु बी अपने क्या मैं को और ये